वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तुम्हारा भाई फिर से आ चुका है बेस्ट एंड बेस्ट काबिल लेके चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन फर्स्ट में आपको मिले इसलिए आज... आरती... सुजुकी स्विफ्ट एलेक्साई मॉडल बेहजार ओगणस हालाली एकावन हजार फ्यूरली पेट्रोल ओनर फर्स्ट प्राइस बे लाख पंचोतेर हज़ार नगोर मोबाइल नंबर नेव एक अड़सठ त्रेवीस सात सत्यावीस गाड़ी की कंडीशन 100 टका दूसरे नंबर वातिह मेंद्रा कीथार फोर बाय फोर मॉडल बीएसजीर अठार आले लिए त्रय पनजीर सुरली वात का तो डीजल वंडरफर्स्ट प्राइस हाथ लाख पच्चीस हजार नेगोसिबल मोबाइल नंबर न्यू एक और साइड त्रिविष साथ सितियाबी त्रिज्या नंबर आरुती सुजुकु की चैन मॉडल बे हज़ार आठ हाल लिए बोतेर हज़ार फ्यूरली मत कर पेट्रोल ओनर सेकंड प्राइस एक लाख बीस हज़ार नेगोसेबल मोबाइल नंबर नेव एक अड़सठ तेवीस सात इतावी सभी का ओनटेबल नेगोसेबल चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना जैसे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन फर्स्ट में चौथे नंबर बात ओडीए फोर मॉडल दस लिए है ओणसी हज़ार करते डीजल ओनर फर्स्ट प्राइस आठ लाख पचास हज़ार नहीं डल हाली है चौदह हजार फ्यूल तो पेट्रोल ओनर फर्स्ट प्राइस आठ लाख पंचोते हजार नेगोशिएबल चेनल पर ना तो सब्सक्राइब करना मत भूलना जैसे कि तुम्हारा भाई ऐसी वीडियो ला सके आपके लिए